नव वर्ष की मंगल में शुभकामनाओं के साथ में ज्योतिर्विद आशीष पांडे वृषभ राशि वाले जातकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जनवरी माह के मासिक राशिफल के कार्यक्रम में वैसे तो वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल 2020 और अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं लेकिन दर्शकों चूँकि साल का पहला महीना रहेगा आप लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है सभी के मन में जानने की ये इच्छा रहती है तो इसी विषय पर आज हमने जो है ये वीडियो तैयार किया है और जनवरी का यह माह वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या सौगात लेकर के आया है इस माह को शुभ व प्रभावी आप लोग कैसे बना सकते हैं साथ ही साथ इस माह में प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी दृष्टि डालेंगे इस माह में सबसे ज्यादा आपके लिए लकी डेज कौन कौन से रहेंगे और अशुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे बने रहिएगा अंत तक और अंत में उपाय भी बताएंगे तो दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में आइकन पूर्णिमा रहेगी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत इसी दिन रहेगा ग्यारह तारीख को चूंकि चंद्रग्रह पड़ रहा है सैटरडे दिन रहेगा तो विशेष सावधानी देने की जरूरत है हालांकि यह आंशिक ही है वही तेरह तारीख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 लेकिन उससे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या कह रही है आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं राहु मिथुन राशि में संचरण कर रहा है मंगल वृश्चिक राशि में जो है गोचर कर रहा है गुरु शनि केतु धनु राशि में है लेकिन 24 जनवरी को शनिदेव धनु राशि से निकल करके और मकर राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य और बुद्ध ये मकर राशि में लेकिन सूर्य पंद्रह तारीख तक ये रहेंगे धनु में इसके बाद ये मकर में जाएंगे वहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके जो लग्न के राशि के स्वामी है कर्म भाव में आपके गोचर करेंगे मतलब कुंभ राशि में ये गोचर करेंगे तो इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों और सितारों के आधार पर हमने राशिफल तैयार किया है तो वृषभ राशि के जात को जनवरी का आपके लग्न के स्वामी कर्म भाव में आ रहे हैं इट मीन्स कि इस कोई नई नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी आपको मिल सकती है जो हमारे स्टूडेंट बहुत तैयारी कर करके थक चुके हैं थकने की कोई बात नहीं है 2019 में जो हुआ उसे भूल जाइए वर्ष का प्रथम माह रहेगा प्रारंभिक माह रहेगा इसमें आप अपने आप में नई ऊर्जा लाइए और नई दृढ़ता लाइए नई इच्छा शक्ति लाइए कोई नई नौकरी आपका इंतजार कर रही है, आप जॉब में है तो प्रमोशन इंतजार कर रहा या आप अगर मनपसंद ट्रांसफर चाह रहे हैं तो ये माह आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा इसके साथ साथ हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ये माह आपके लिए डाउन रहने वाला है तो अपने शरीर का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा इसके अलावा ये माह आपके लिए तनाव थोड़ा सा लेकर के आएगा क्योंकि कार्य अधिक रहेगा तो वहाँ तनाव भी रहेगा वृषभ राशि के जातकों को जनवरी के महीने में विशेष रूप से पिछले वर्ष के बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिएगा आपने जो गलतियाँ पहले की हैं उनसे आपको सबक ले करके आगे बढ़ने के सितारे सलाह दे रहे हैं आपके पास बहुत पावर है बहुत ताकत है लेकिन इनका इस्तेमाल आपको अच्छी चीज़ों में करना चाहिए आप अपने काम में जो है और जिम्मेदारी जो आपको होता है ना आप लोग शक्तिमान बहुत ज्यादा मत बनी अन्यथा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे पहले आप लोग बहुत बेहतर थे लेकिन थोड़ा सा परेशान हो गए हैं तो जिद्दीपन आपके अंदर ज्यादा आएगा चिड़चिड़ापन आएगा इससे आपको बचना रहेगा अपने आप के लिए जो है जैसे ही देखिए आपके शनि का ट्रांजिट होगा यकीन मानिए दर्शकों बहुत अच्छा आप लोग फील करेंगे अपनी अंतरात्मा की आवाज को आपको सुनना रहेगा आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है उसके अनुसार आपको कदम उठाना पड़ेगा माह के प्रथम तीन सप्ताहों में शनि देव की कृपा से आपको आर्थिक लाभ होगा ये बिल्कुल तय है राजकीय अथवा प्रशासनिक कार्यो में सफलता मिलेगी ही मिलेगी उन्नति के तमाम अवसर ऋषभ राशि के जातकों को जनवरी माह में प्राप्त होंगे ही होंगे कार्यों में कष्ट तथा समस्याएं आपकी समाप्त होगी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी संतान के दायित्व की पूर्ति होती हुई दर्शकों दिखा रहा है जो पंचम के लॉर्ड हैं ये कहाँ पर हैं नवम में चल रहे हैं बुधादित्य योग बन रहा है काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है दर्शकों भाग्य का आपको साथ मिलेगा ही मिलेगा बुद्ध चूकी सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते सेकंड हाउस जो होता है ये संचित धन का होता है तो इस माह आपको संचित धन फिक्स धन आपको प्राप्त होगा ही होगा फिर चाहे वो पैतृक हो फिर चाहे आपके द्वारा वो अर्जित किया गया हो लेकिन दर्शकों एक बात और बता दें 25 जनवरी के पश्चात सूर्य मंगल तथा बुध तथा शुक्र का गोचर आपके लिए थोड़ा सा अनिष्ट फलदायी रहेगा किन्हीं कारणों से आपको राजकीय दंड का भुगतान करना होगा राजकीय दंड मतलब होता है जो शासन से मिले जो सत्ता से मिले ये किसको मिलता है तो जो लोग सरकारी नौकरी में होता है होते हैं उनको ये दंड मिलता है तो राजकीय दंड का जो भय रहेगा इससे कैसे बचा जाए इस वीडियो के अंत में इसका हम उपाय बताएंगे दांपत्य जीवन में 25 से लेकर के और 30 के बीच में बाधा आती हुई दिखाई पड़ रही है आपके खर्चों में वृद्धि होगी स्त्रियों के कारण वृषभ राशि के जातकों को कष्ट की स्थिति बनेगी Uh, कोशिश कीजिएगा कि अनिष्ट निवारण के लिए आदित्य हृदय स्रोत का आप लोग नित्य पाठ करिए इससे राजकीय भय जो है दर्शकों जो है आपका समाप्त होगा दुर्गा सप्तशती का कीला कवच अर्गला और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ वृषभ राशि के जातकों को करना रहेगा इसके अलावा दूसरों के जो है झगड़ों में जो आप लोग एंजॉय करते हैं मज़े लेते हैं या फूट डालते हैं फूट डालो और राज करो की जो नीति है वृषभ राष के जात को आपको बच के रहना रहेगा वरना आपका कुंडबा बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप लोग अपनी कुंडली का देखिए विश्लेषण भी करवा सकते हैं कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए हम आपके शहरों में आते हैं वहाँ मिल सकते हैं बाकी स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं एक और बहुत ही अच्छा प्रयोग बता रहे हैं जिससे आपको राजकीय दंड से बचा जा सकता है सबसे पहले करना क्या होगा तो आप लोगों को संडे वाले दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाना होगा इससे होगा ये देखिए जो शून्य हैं इनका सरकारी क्षेत्र पर नियंत्रण अधिक रहता है और हनुमान जी कौन है तो भगवान भास्कर के शिष्य हैं तो हनुमान जी को आप प्रसन्न करिए जीवित देवता हैं कलयुग के देवता हैं ये आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा ट्रैक तैयार करके दे सकते हैं तो ये आपको प्रयोग करना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि इस माह ब्लैक कलर को और येलो कलर को आपको अवाइड करना रहेगा और रेड कलर को भी आप लोग एवाइड करिए तो शुभ कलर कौन से रहेंगे तो वाइट कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे स्काई ब्लू कलर आपके लिए अच्छा रहेगा लाइट ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा रहेगा इवन कई मामलों में आपके लिए ग्रे कलर बहुत अच्छा रहेगा इस माह के लिए सबसे ज़्यादा शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे तो एक तारीख है दो तारीख है पाँच तारीख है आठ तारीख है ग्यारह तारीख है उसके बाद 16 तारीख 17 तारीख फिर 25 तारीख हो गई और 29 तारीख आपके लिए शुभ रहेंगे वहीं प्रतिकूल दिवस 4 तारीख 6 तारीख 9 तारीख 13 तारीख 15 तारीख 19 तारीख इक्कीस तारीख 24 तारीख और 31 तारीख रहेंगे इनमें आपको विशेष सजग रहना है भाग्यशाली अंकों की बात करें तो अंक दो और अंक सात आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेंगे यदि आप इन अंकों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा लॉटरी वगैरह भी लेते हैं तो आप इन अंकों पर अपना दाव लगा सकते हैं पुनः आप लोगों को बताना चाहेंगे वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है शनि का जो मेजर ट्रांजिट हो रहा है इससे संबंधित वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दिया है साथ ही साथ जुपिटर ट्रांजिट से रिलेटेड वीडियो पर अपने चैनल पर डाल दिए हैं तो दर्शकों आप लोग इस वीडियो को जा करके देख सकते हैं एक बात और बताना चाहेंगे वृषभ राशि के जात नक्षत्रों से संबंधित एक हमने अलग श्रृंखला शुरू की है और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं आपका ज्ञानार्जन होगा और निश्चित रूप से जो चीज़ें उसमें बताई हैं उसमें अभी तक किसी ने नहीं बताई है तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं पुनः आप लोगों से निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत ही जो है मतलब संक्षेप में हमने बताया जनवरी माह कैसा जाएगा वृहद रूप से देखना है तो आप लोग वार्षिक राशिफल दो देख सकते हैं उनमें बताए हुए दिव्यतम उपाय हैं वो आप कर सकते हैं हमारा दैनिक राशिफल हमसे जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंच जाए तो जाते जाते दर्शकों नौ वर्ष की एक बार पुनः आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ छोड़े जाते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम